देखेंगे यूज ऑफ द कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे कंटिन्यू स्टेटमेंट ऑवर करता है जिसे देखते हैं द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज स्कीप सम लाइन ऑफ द कोड इन साइड द लूप एंड कंटिन्यू विथ द नेक्स्ट एक्ट्रेशन कुछ लाइन इन साइड रूप करता है और कंटिन्यू नेक्स्ट एक्ट्रेशन कर देता है इट इज मेनली यूज फॉर ए कंडीशन सो डैट यू कैन स्कीप सम कोड फॉर द पार्टिकुलर कंडीशन कुछ को रिप करता है उसके बाद एग्जीक्यूट करता है आगे कोड एग्जीक्यूट करने लगता है हज इंक्लूडन वाइल फंक्शन हज इंट इन कर दिया वन वाइल्ड रूप चला दिया टेन तक यहाँ आपका कंडीशन एग्जीक्यूट करा रहे हैं फाइव फाइव को छोड़कर एक्सेल कर टेन तक एक्जीक्यूट होगा प्रोग्राम वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करना